आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज़ एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज आपके सामने जो प्लांट हम चर्चा करने वाले हैं इसको मीठा पत्ता करी पत्ता मुराया कोई नहीं नाम से जाना जाता है और रूटीसी फैमिली का है इसका आप लोग टेस्ट को बढ़ाने के लिए कार्बिनेटिव की फॉम में सब्जियों में इसको आप लोग डालते हैं पोहा बनाते हैं वहाँ डालते हैं या फिर सांभर बनाते हैं वहाँ भी इसको डाला जाता है बहुत उपयोग में आता है इसके सभी जो प्लांट पार्ट हैं ना केवल लीव बट इसका जो तेल होता है इसकी जो छाल होती है सभी इस्तेमाल किए जाते हैं इसका जो तेल निकालते हैं वो एरोमाथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड सभी डिसऑर्डर्स के लिए आप इसके लीव इस्तेमाल करते हैं आप इसकी एक पत्ता चबा लीजिए शुगर को कंट्रोल करता है मल्टीपल टाइप ऑफ केमिकल कॉन्सटेंट इसके अंदर पाए जाते हैं फिलेंड्रिन कैरियोफाइलिन टर्पिन पोलिफिनिक कंपाउंड्स एक्डोन और कई माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विशेष कार्य करते हैं साथ ही एक पत्ता अगर आप इसको चबाएँगे तो यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर रखता है डाइजेशन का काम करता है भूख को बढ़ाता है इसके अलावा अगर जॉइंट पेन हो घुटनों की समस्या हो या धीरे धीरे बोन की डेंसिटी कम होती जा रही हो तो आप इसका 5 से 10 एम जूस सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए धीरे धीरे बोन डेंसिटी को बढ़ाता है इमीना भी है शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को रेगुलेशन का कार्य भी करता है क्या होता है कि बदलते हुए मौसम में इम्यूनिटी भी कम हो जाती है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आप इसका डिकोक्शन बनाकर शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं बहुत अच्छा कार्य करता है अगर बाल आपके टूट रहे हैं या ग्रे हेयर्स की समस्या हो गई है तो आप मैं कहूं कि तिल के तेल को सिद्ध कर लेते हैं जैसे कि 100 एम आप तिल का तेल ले लीजिए उसमें करीब करीब पचास ग्राम इसके पत्ते लेकर धीमी आँच पर पकाइए और फिर उसको छान के कांच की बोटल में भर लीजिए आप इसको जब अपने स्केल्प पे लगाएंगे हेयर सॉफ्ट मजबूत हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की अगर कोई फंगल प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी स्किन की स्किन के लिए बालों की मजबूती के लिए या फिर कई बार क्या होता है कि त्वचा के ऊपर वाइट स्पॉट्स भी हो जाते हैं ऐसे केस में आप इसकी पुल्टिस इस बनाकर बांध सकते हैं और साथ ही साथ इसका सेवन भी स्टार्ट कर देना चाहिए आप इसका पाँच से दस एम जूस भी पीते रहें धीरे धीरे क्या होता है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होता है और वाइट जो स्पॉट्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं तो त्वचा की कांति को बढ़ाने के लिए डाइजेशन के रेगुलेशन के लिए अल्सर की समस्या हो जाती है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है उसको भी ये दूर करता है वात पित्त कफ तीनों का समन करता है बॉडी में इक्ोरियम मेंटेन करता है आप इसका कटिंग के माध्यम से प्रोपिगेट कर सकते हैं इसका जो सीड होता है उसके अंदर तेल होता है उसको आप एरोमाथेरेपी में यूज़ कर सकते हैं एन्जाइटी को रिलीव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस प्रकार से ये जो प्लांट है आप अपने घरों में लगा सकते हैं क्योंकि ये श्रब होता है ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती है इसको आप कंजर्व करके लगा सकते हैं बहुत सेफली यूज़ कर सकते हैं माताएँ बहने है इसको उपयोग अनिमिया के लिए भी कर सकती हैं क्योंकि जनरली अनिमिया की समस्याएँ फीमेल्स में ज़्यादा देखी गई है तो खाली पेट आप इसका एक पत् का सेवन कर सकते हैं एक पत्ता ले सकते हैं लूकॉम वाटर पी सकते हैं आप इसका एक पत्ता सेवन कर सकते हैं मित्रों ये आप देख रहे हैं ये लीव फ्लैट है एक पत्ते का मतलब ये पूरा पत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात कर रहे हैं क्योंकि कंपाउंड लीव है तो एक पत्र का मतलब यहाँ से लेकर पूरा एक ये तो लीव कही जाएंगी तो अगर एक पत्ते की बात कही गई है तो आप इतना ले लीजिए इसको पूरा आपको लेना होता है एनीमिया के लिए खाली पेट सुबह सुबह ले लीजिए कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है और कई बार न्यूरो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज भी हो जाती हैं जिसमें मेमोरी लॉस होता है उसके निराकरण में भी बहुत अच्छा कार्य करता है आप इसको जब लेंगे तो धीरे धीरे मैं आप जैसे पहले बता रहा था टॉक्सिंस को निकालेगा और जो फ्री रेडिकल्स शरीर के अंदर बन जाते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होता है कि मेटाबोलिक रिएक्शन जब हमारे शरीर के अंदर होती है तो उसका बाई प्रोडक्ट होती हैं फ्री रेडिकल्स उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइजेशन का कार्य इस प्लांट का ये सोरेस भी करता है डिकोक्शन भी करता है ये आप ले सकते हैं इस प्रकार से आपने जो जानकारी ली है आप इसको अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं जाते जाते एक बात और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं मित्रों हमें ध्यान ही रखना है अगर आप कोई मॉडर्न मेडिसिंस ले रहे हैं या फिर कोई डायबिटीज़ के लिए या हाइपर के लिए या एपिलेप्सी के लिए या फिर कोई क्रोनिक डिसीज़ के लिए अगर आप मेडिसन्स ले रहे हैं और कड़ी का भी आप पैर सेवन कर रहे हैं तो ज़रूर अपनी डोज आप कंट्रोल रखिए कई बार क्या होता है कि ओवरडोज की प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्सेस मात्रा में यूज़ ना करें और अगर आप कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिंस ले रहे हैं तो अपनी मेडिसिंस पे भी कंट्रोल आप रखिए ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा डाउन हो जाए या फिर आपका ब्लड ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो भी ज़्यादा डाउन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो कंप्लेक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड हैं उनकी अपनी एक मेटाबोलिक एक्टिविटी होती है जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट में नुकसान भी कर सकते हैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ प्रणाम